रन। अरे बड़े भैया, आपकी पेंट भटी हैमन सागर तो आज हम करने वाले हैं भाई तेरी पेंट भटी है क्यों भटी अरे भटी है भाई अरे आज यही तो करने वाले हैं। चलो मिलते हैं वीडियो तो के एंड में जब तक के लिए टाटा अरे भाई साहब सर... दोबार फट रही है आपको थोड़ी पीछे से थोड़ी देख <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> लो हेलो भाई भाई पेंट फट रही है आपकी थोड़ा देख लीजिए पीछे आ गया। फट गई अरे बहुत ज्यादा फट देखो पीछे से ज्यादा फट गई ज्यादा फट गई हेलो भैया आपकी थोड़ी पेंट फटी है पीछे से <laughs> देख लो आयोग <laughs> <hold him> <laughs> <Huh? laughs> हेलो भाई सर पेंट फट रही है आपके हाथ में देखो देखो ना थोड़ा पीछे अच्छे से इधर आके देखो साइड में दो बड़े भाई आपकी बड़ी पेंट देखो पीछे देखो अच्छे से देखो यार थोड़ा <laughs> <की गोई? laughs> अरे बड़े भैया जब क्या हो यारीचर्स पेंट पट रहा है आपको थोड़ा सा देख लीजिये वो क्या पट रहा है <laughs> <laughs> तो तो आगे तीज़ें। आगे तीज़ें। आगे तीज़ें। <laughs> नो नो नो नो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो बेहतरीन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय